भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गी ने कहा है कि जिस वजह से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बनाया गया ऐसे में बचा हुआ भारत हिंदू राष्ट्रीय है उन्होंने युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हनुमान चालीसा क्लब बनाने की बात कही उन्होंने कहा नशा मुक्ति के लिए सकारात्मक पहल जरूरी है विरोध करने की जगह नशे से बड़ी एनर्जी हमें युवाओं को देना होगी भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है जय ने कहा कि जिस वजह से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बनाया गया ऐसे में बचा हुआ भारत हिंदू राष्ट्रीय जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी पर तो हुआ था जो बचा हुआ पाकिस्तान बना बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्रीय विजय वर्गी ने पंजाब में खालिस्तान मुद्दे को लेकर चल रहे बवाल पर कहा की पंजाब को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार चिंता से काम कर रही है अच्छे परिणाम सामने आएंगे विजय ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए युवाओं को हनुमान चालीसा से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा इंदौर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ बैठक की है हमने उनसे कहा है कि आने वाले समय में आप ऐसे मीम्स बनाएं जिससे प्रभावित होकर युवा हनुमान जी से जुड़ें मैं खुद भी इस पर लंबा काम करने वाला हूँ युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हनुमान चालीसा क्लब बनाए जाएंगे विजयवर्गीय ने कहा कि हनुमान चालीसा सबका जवाब है आप हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पढ़िए आपको लगेगा कि हर एक सवाल का जवाब उसमें है। सकारात्मक रूप से लोगों को समाज को जोड़ेंगे तो ये बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी आप हमारे घर आए हैं तो वहाँ पर बारह ज्योतिर्लिंग के पोस्टर लगे हुए हैं तो आते उन्होंने ऐसा किया तो बोला क्या हो गया भाई तो बोले मैं तो शिवरात्रि को भी जल चढ़ाता हूँ हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूँ तो उन्होंने तो फटफट फट हनुमान चालीसा बोलती तो ऐसे तो समय आएगा तो अनुकूलता हो जाएगी सर यार अजय लुक लुकेट ड हम इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एल के जीवन अक्षय में जो दे रहा है इमीडिएट और एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए वा? पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना बिल्कुल नहीं हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एल के न्यू जीवन शांति में जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी मतलब कुछ साल बाद ऐसी रेगुलर इनकम